हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर उम्मीद करता हूँ आप कोर्स को पूरा फॉलो कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स में इस वीडियो के पूछ सकते हो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा देखो अभी तक हमने जो कोर्स में कवर किया है बहुत से लोग ऑलरेडी उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट किया है उन्होंने और वो अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज भी बना रहे हैं तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही टेक्निकल एनालिसिस पे आपका कंट्रोल होगा और कुछ चीज़ें बाकी है कोर्स में हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बाकी हैं तो वो हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे तो एक बार ये कोर्स पूरा होने दो फिर आपको डेफिनेटली पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आपको स्ट्रैटेजीज भी बनाने में आसानी हो जाएगी देखो जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके लिए लोग बहुत बहुत चार्ज करते हैं मार्केट में ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड से भी ज़्यादा वो चार्ज करते हैं लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ बस आपके खुद के इनपुट्स चाहिए इसमें और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी कितना भी स्विमिंग सीख लो टेक्निकली थेरोटिकली लेकिन आप जब तक पानी में कूदोगे नहीं जब तक स्विमिंग नहीं करोगे तब तक आप खुद स्विमर नहीं बन पाओगे और स्विमिंग में भी हम पहले डूबते ही है बार बार और फिर एक बार पूरा वो स्किल जब आ जाता है तो आप प्रोफेशनल स्विमर बन जाते हो वैसे ही ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग एक स्किल है तो थोड़े आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहना होगा ठीक है तो इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था चार्ट पैटर्नस राइट तो ये प्राइस एक्शन हमने स्टार्ट किया है प्राइस एक्शन में कुछ चार्ट पैटर्न्स अभी बाकी है वो इस पार्ट में हम कवर करेंगे जितना आप चार्ट्स को अच्छे से देखोगे उतने ही पैटर्न्स आपको मिलते जाएंगे और एक बार आपको पैटर्न मिल गया तो उसको ट्रेड कैसे करना है ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा रहा हूँ तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी ओके ठीक है तो पहले हमने ट्राइंगल्स देखे थे चैनल्स देखे थे ट्रेंड लाइन्स देखी थी आज मैं आपको सिखाऊँगा वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न देखो कंटिन्यूएशन पैटर्न किसे कहते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कंटिन्यूशन पैटर्न जो होता है वो यूजुअली मार्केट जब एक बुल रन में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है जब स्ट्रॉन्ग कोई भी ट्रेंड होता है तो मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है थोड़ी दूरी तक जाने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करता है इस जोन में और फिर से ऊपर जाता है और फिर से कंसॉलिडेशन करता है और फिर ऊपर जाता है तो ये जो जोन्स होते हैं बीच में यहाँ पर कुछ पैटर्नस बनते हैं और ये जो पैटर्नस है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न पैटर्नस तो बेसिकली इसमें बहुत टाइप्स है लेकिन ये जो तीन इम्पॉर्टेंट टाइप्स है वो मैं आपको अभी बताता हूँ सबसे पहले आता है फ्लैग पैटर्न देखो फ्लैग पैटर्न ऐसे दिखता है इसमें क्या होता है पहले एक ट्रेंड फॉर्म होता है उसमें फिर इस जोन में मार्केट कंटिन्यूएशन करता है अब ये जो जोन है यहाँ पर ये फ्लैग जैसा दिखता है इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैग पोल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न ठीक है तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसॉलिडेशन करेगा हाँ और कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और फिर आगे जाकर कहीं पे अलग टाइप का पैटर्न फॉर्म करेगा या फिर फ्लैग पोल भी फॉर्म कर सकता है ऐसे फ्लैग पोल फॉर्म करेगा और फिर ऊपर जाएगा तो ये फ्लैग जैसे दिखता है इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैग पोल पैटर्न ठीक है वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी आता है डाउन ट्रेंड में जब यह आएगा तो यहाँ ये बेरिश फ्लैग बनता है जो उल्टा होता है राइट तो उल्टा होने के बाद ये फ्लैग जैसे दिखेगा तो उसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न इस पैटर्न में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जब ये ट्रेंड फॉर्म होता है तो समझो आप ट्रेंड फॉर्म हो रहा है अब ट्रेंड में ये जा रहा है अब ट्रेंड में जब जाता है तो ऑपोजिट डिरेक्शन में ही फ्लैग की डरेक्शन चाहिए मतलब फ्लैग की डरेक्शन जो आप ट्रेंड है उसके ऑपोजिट थी और फिर ऊपर जाता है ओके तो फ्लैग की जो डिरेक्शन है वो ट्रेंड के अपोजिट चाहिए मतलब ये अगर आप ट्रेंड में बन रहा है तो फ्लैग पोल की डिरेक्शन फ्लैग की डरेक्शन डाउन साइड में चाहिए और फिर यहां से ऊपर जा सकता है वैसे ही बेरिश में क्या होगा डाउन ट्रेंड में ये पोल अगर डाउन ट्रेंड है तो फ्लैग पोल ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा फॉर्म होना चाहिए फ्लैग जो है वो ऐसे फॉर्म होना चाहिए ट्रेंड के अपोजिट डरेक्शन में उसका मुंह चाहिए जो फ्लैग का है हाँ ओके उसके बाद फिर वो आगे ट्रेंड कंटिन्यूशन कर सकता है ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो ट्रेंड के अपोजिट डरेक्शन में उसका एंगल चाहिए फ्लैग का और उसके बाद फिर आता है पेनेंट पैटर्न बुलिश और बेहरिश पेनेंट पेनेंट बोलो पिनन बोलो तो ये जो पिनंट है ये थोड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे होता है बस डिफरेंस इसमें इसमें इतना ही है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आता है मतलब मार्केट यहाँ पे आप ट्रेंड में था थोड़ा बीच में उसने कंसोलिडेशन किया तब इसमें पिनंट फॉर्म किया और फिर वो अब ट्रेंड में चला गया तो जैसे फ्लैक पोल में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड है उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में इसका एंगल चाहिए फ्लैग का वैसे पिनंट में नहीं होता पिनंट में क्या होता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो इसका एंगल नीचे नहीं हो सकता ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे बनेगा और फिर यहाँ से वो ट्रायंगल ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वैसे ही डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड फॉर्म होते हो यहाँ पे एक सीमेट्रिकल ट्राइंगल जैसे बनाएगा वो वो सीमेट्रिकल ट्राइंगल नहीं होगा उसे पिनंट बोला जाएगा और फिर वो नीचे चला जाएगा ओके तो उसे बोलते हैं है, है, वेज। वेज है? जनरली चैनल कैसे फॉर्म होता है पैरल लाइन्स होती है ना दो लाइन्स पैरल होती है एक दूसरे को ओके और वेज क्या होता है वेज में हमेशा एक एंगल होता है दोनों इसमें ओके और इसका डिरेक्शन इस एंगल ये एंगल ऊपर की तरफ भी हो सकता है नीचे की तरफ भी हो सकता है तो उसे वेज बोलते हैं ओके कभी ये ऊपर की तरफ होता है और कभी नीचे की तरफ होता है लेकिन दो लाइंस जो है वो अगर एक दूसरे के पास करीब आ रही है जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है तो उसे वेज कहा जाएगा और अगर ये नीचे की तरफ है तो इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं और अगर ऊपर की तरफ है तो इसको राइजिंग वेज बोलते हैं ओके तो पोल जैसे ही अगर ये ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एंगल है तो उसे हम फॉलिंग वेज बोल सकते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न में और यहाँ से ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है ओके तो यहाँ पे भी वही रूल है वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी अगर डाउन ट्रेंड है तो ये जो वेजेस है कंटिन्यूशन पैटर्न वाली ये ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है इसका एंगल ऊपर की तरफ होगा और फिर यहाँ से ये ट्रेंड नीचे कंटिन्यू होगा तो उसे बोल सकते हैं हम राइजिंग वेज और ये सारे कंटिन्यूशन पैटर्न है मतलब ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में ही बनते हैं बहुत बार आपने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा होगा ऐसे ऐसे पैटर्न दिखता है ना आपको तो ये बीच बीच में जो होते हैं ना ये छोटे छोटे इसे कंटिन्यूशन बोलते हैं और ये सारे जो है ये तभी फॉर्म होते हैं ओके अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो अब सवाल आता है कि इसे ट्रेड कैसे करना है देखो मैंने हमेशा आपको बोला है किसी भी ट्रेंड पैटर्न को या फिर किसी भी पैटर्न को दो लाइंस में अगर वो है और आप उसको ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा हम रीटेस्टिंग के लिए ही रुकेंगे राइट रीटेस्टिंग के बाद ही हम उसको ट्रेड करेंगे या उसमें एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमेशा हमारा लाइन के नीचे की तरफ रहेगा या फिर जो नीचे की लाइन है उसके नीचे रहेगा तो अगर समझो ये फ्लैक पोल है तो ये लाइन यहाँ से रिटेस्टिंग करने के बाद ऊपर जाएगी तो रिटेस्टिंग के लिए आप वेट कर सकते हो या फिर बेटर वे है इसमें कि आप इस लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर इस लाइन के नीचे भी लगा सकते हो तो एक बार रीटेस्टिंग अगर फेल हो जाता है और नीचे भी चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और आपकी एंट्री बच जाएगी ओके तो हमेशा आपको कोई भी ट्रेंड पैटर्न हो रीटेस्टिंग के बाद ही उसको ट्रेड करना है ओके डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो एक बार उसको रिटेस्टिंग करना है फिर ही उसके बाद ही आप उसको ट्रेड करो ठीक है यूजली आपने हेड एंड शोल्डर देखा होगा मार्केट में या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है देखो कोई भी समझो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे और उसके बाद एक पॉइंट ऐसे आता है ना मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है और फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है ओके तो ये जो जोन है अप के बाद वाला तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूजअली फॉर्म होता है तो ये के बाद अगर आया है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है और वैलिड होता है ओके तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद दिखेगा और ये एक रिवर्सल पैटर्न है मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आने के बाद यूजुअली लोग इसमें इसके बाद शॉर्ट करते हैं ओके तो एक बार हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो जाए तो फिर शॉर्ट शॉर्ट जो करने वाले हैं वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं बिकॉज ये रिवर्सल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर इज़ अ रिवर्सल पैटर्न तो आप मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसे हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं देखो इसे एक आदमी के जैसे सोचिए समझो तो ये एक आदमी है इसका ये हो गया हेड और ये हो गया लेफ्ट शोल्डर और ये हो गया राइट right शोल्डर तो इसीलिए ये हेड एंड शोल्डर जैसे इसको बोलते हैं ये होता है लेफ्ट शोल्डर एक होता है राइट शोल्डर तीसरा होता है हेड ऐसे तीन पार्ट्स में ये पूरा पैटर्न बनता है तो देखो इसे ट्रेड कैसे करना है इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नेक लाइन हेड एंड शोल्डर में आप दो रूल्स इसमें याद रखो ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ना ये सेम लेवल पे बनते हैं हमेशा तो लेफ्ट शोल्डर और राइट right शोल्डर है वो सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट होते हैं ओके okay? और इनका सपोर्ट भी है वो सेम लेवल पे होता है मतलब इस लाइन पे होता है ये जो ट्रेंड लाइन बनती है ये सेम लेवल पे बनेगी और सेम लेवल पे ये सपोर्ट भी लेती है तो ये नीचे की जो होती है ये होती है नेक लाइन नेक लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करती है और इसे ट्रेड कैसे करना है फिर एक बार ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो मार्केट यहाँ से नेक लाइन जब ब्रेक करता है तो उसे रिटेस्ट करने के बाद ही हम यहाँ पर एंट्री देंगे तो यहाँ पे जब ये टेस्ट करता है तो यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री ओके नेक लाइन को जब ये टेस्ट करेगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेक लाइन ठीक है तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखेगा और मार्केट यहाँ से डंप हो जाएगा आपको ये पैटर्न बहुत यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम पर दिखता है और कम बनता है हमारे इसमें लेकिन फोर वगैरह में ज़्यादा बनता है तो जब कभी आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिखेगा तो समझ लो अप ट्रेंड के बाद ये रिवर्सल पैटर्न हो सकता है और आप उसको नेक लाइन जब रिटेस्ट करेगा तब उसमें एंट्री ले सकते हो ठीक है अब इस पैटर्न को पूरा उल्टा कर दीजिए तो वो बन जाएगा रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो हमारा आदमी था उसको हमने पूरा उल्टा लटका दिया तो ये पैटर्न ऐसे पूरा बन गया है यहाँ पर तो ये आदमी अभी उल्टा लटक गया ठीक है थीके? तो ऐसे उसको याद रखो रिवर्स हेड एंड शोल्डर इसे बोलते हैं अब रिवर्स हेड एंड शोल्डर की प्रॉपर्टी क्या है तो वो जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा समझो यहाँ पर डाउन ट्रेंड बन रहा है तो ये हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है ये आपकी होती है नेक लाइन और ये होता है आपका लेफ्ट शोल्डर का रेजिस्ट सपोर्ट और राइट right शोल्डर का सपोर्ट ओके यहाँ से ये रिवर्सल होता है तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये बेरिश ट्रेंड के बाद आता है और ये रिवर्सल पैटर्न है ठीक है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर ऊपर से रिवर्सल दिखाता है और रिवर साइड एंड शोल्डर नीचे से रिवर्सल दिखाता है ओके तो इसके बाद अब ट्रेंड फॉर्म हो सकता है ठीक है रिवर्स एंड शोल्डर अब इसमें भी सेम पैटर्न है सेम बॉडी है जो शोल्डर है दोनों वो सेम लेवल पे चाहिए या सेम सपोर्ट लेवल पे उसका प्राइस चाहिए और जो नेक लाइन है ये नेक लाइन ऊपर की तरफ फॉर्म होती है तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेड लेने के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल लेता है और अब ट्रेंड में जा सकता है ये तो हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते वक्त रिटेस्ट के लिए रुकना है या फिर एंट्री अगर ले रहे हो आप इस जोन में तो स्टॉप लॉस आपका शोल्डर के नीचे चाहिए ठीक है तो ये होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो अपट्रेंड के बाद फॉर्म होता है यूजुअली आपने देखा होगा मार्केट ऐसे अपट्रेंड में अगर होता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना मार्केट एक ही लेवल को दो बार टेस्ट करता है सेम प्राइस पे दो बार टेस्ट करता है और फिर यहाँ से ये रिवर्सल होता है तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो अपट्रेंड के बाद फॉर्म होगा तो अगर सेम लेवल पर रिजेक्ट हो रहा है तो उसे बोलते डबल टॉप पैटर्न ठीक है अब इस डबल टॉप पैटर्न में भी एक नेक लाइन बनती है यूजुअली बनती नहीं है लेकिन ड्रॉ की जाती है तो ये जो नेक लाइन है इसके बाद यूजुअली लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस पॉइंट पे क्योंकि रीटेस्ट करता है तो अगर डबल टॉप ट्रेंड अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अब ट्रेंड के बाद तो उसको आप कन्फर्मेशन के रुक सकते हो एक बार ये नेक लाइन ब्रेक हो जाए ना तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो वैसे ही लोग इसको ट्रेड करते हैं लेकिन ये जो ऊपर का पीक है ये सेम लेवल पे होता है सेम प्राइस पे ये रिजेक्शन होता है तभी ये डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है और ये अप ट्रेंड के बाद ही आएगा अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है साइड ट्रेंड में है तब डबल टॉप तो बहुत बनेंगे तो उस केस में वो वैलिड नहीं होते ये अप ट्रेंड के बाद अगर आता है तो उसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं इसमें और एक टाइप होता है ट्रिपल टॉप कभी कभी मार्केट क्या करता है तीन बार ऊपर जाता है सेम लेवल पर उसके बाद रिजेक्ट होता है तो वो सेम लेवल पे अगर तीसरी बार भी रिजेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल टॉप टॉप के बाद अगर ये डबल टॉप पैटर्न आ रहा है तो रिवर्सल वहाँ से मार्केट का हो सकता है ठीक है सेम टाइप है और इसमें जो है डबल बॉटम डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है बस उल्टा होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से ये सेम लेवल पे टेस्ट करता है एकदम सेम प्राइस पर टेस्ट करता है और फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्सल हो जाता है मार्केट का ओके okay? तो ये रिवर्सल होने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाता है और इसमें भी आप नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हो जो प्रीवियस प्राइस है जो बॉटम प्राइस है वो अगर क्रॉस करता है तो इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बन सकती है यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट पे और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे चाहिए जो प्रीवियस बॉटम है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो मतलब मार्केट अगर आप ट्रेंड में भी नहीं गया और यहाँ से रिवर्सल हो गया तो आपकी एंट्री बच जाएगी तो ये डबल बॉटम पैटर्न है और ये बेरीस ट्रेंड के बाद आएगा और इसमें एंट्री कन्फर्मेशन के बाद ही लेनी है अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो हर केस में ये जो पैटर्नस है हेड एंड शोल्डर डबल टॉप ट्रिपल टॉप या फिर डबल बॉटम या रिवर्स हैड एंड शोल्डर सब में नैक लाइन के बाद ही एंट्री लेना सेफ होता है क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है तो आपको आगे का बड़ा ट्रेंड अगर चाहिए थोड़ा आपको वेट करना उसमें पड़ेगा लेकिन कन्फर्मेशन के बाद ही हम उसमें एंट्री लेंगे ठीक है तो इस प्रकार से ये सारे पैटर्न्स है जो आपको टाइम टाइम पे मार्केट में दिखेंगे तो अभी के लिए हम इतने पैटर्न्स कवर करेंगे क्योंकि आगे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सिखाना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और इन पैटर्न्स को ढूंढीजिए मुझे भी मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे भेजिए तो हम मिल के उसको स्टडी करेंगे वेरीफाई करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय